अब तक आईपीएल का हिस्सा ना बन सके तो हम खेलों की वेबसाइट पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की अहमियत के हवाले से एक रिपोर्ट शाया की है वेबसाइट लेकिन बात करे बस बात की फर्क दोनों में बहुत फर्क है एक की आई पी एल जो है और पी एस एल जो है वो रियल होता है दोनों बहुत अच्छी है उनके पास बैट्समैन अच्छे हैं हमारे पास बॉलर आईपीएल के मुख्तलिफ फ्रेंचाइजर्स के सामने चंद सवाल रखे जिसके मुताबिक अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में होते तो सबसे ज्यादा कदर किस खिलाड़ी की होती कौन से खिलाड़ी किस पोजीशन पर खेलते और सबसे ज्यादा किस क्रिकेटर की कीमत होती जिस पर मुख्तलिफ आईपीएल फ्रेंचाइजर्स ने पांच खिलाड़ियों को मंतखब किया है इस पर ये रिपोर्ट पाक भारत सियासी कशीदगी ने खेलों को भी अपनी लपेट में ले रखा है भारतीय हुकूमत की हर धर्मी के बायस पाकिस्तानी क्रिकेटर्स 2008 के बाद से अब तक आईपीएल का हिस्सा ना बन सके तमाम खेलों की वेबसाइट इन्फो ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की अहमियत के हवाले से एक रिपोर्ट शाया की जिसके मुताबिक वेबसाइट ने आई की मुख्त फ्रेंचाइज के सामने चंद सवाल रखे की अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी आई में होते तो सबसे ज्यादा कदर किस खिलाड़ी की होती जिसमे पाँच खिलाड़ियों का इंतखब किया गया रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा महंगे क्टर शादाब खान होते जिनकी कीमत पाँच से छह करोड़ भारतीय रुपए लगाई गई। फास्ट बॉलर हसन अली भी आईपीएल पी की नजरों में हैं और उनकी हालिया कारदगी के बायस उनकी कीमत तीन से पाँच करोड़ भारतीय रुपए लगाई गई। तो गाइज ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी प्लेयर अगर आईपीएल ऑक्शन में अवेलेबल होते और उन पर बिडिंग होती तो उसके प्राइस बताए हैं एक किसी वेबसाइट के हवाले से तो दोस्तों पाकिस्तान के प्लेयर के इन्होंने जो प्राइस बताए आप बता दें कि उन प्लेयर्स में पाकिस्तान के खास प्लेयर थे मोहम्मद आमिर बाबर अजम शाहिना नफरीदी हसन हाँ, हसनेन, जो भी है उनका हसन अली नाम है शायद और एक और द्वारा तो या नहीं आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएर्स तो के साथ खेले और गुरु हो तो पी एस एल और आई पी एल में क्या डिफरेंस आपकी नजर में और कौन सी लीग ज्यादा बेस्ट हैल का ही नाम लूंगी लेकिन ये भी नहीं तो की बात करें। बात बस की है है कि फर्क दोनों में बहुत है। एक ही पी एल जो है वो होता है और एल जो है वो रियल होता है बस ये फर्क है दोनों लीग्स बहुत अच्छी हैं उनके पास बैट्समैन अच्छे हैं हमारे पास बॉलर्स अच्छे हैं तो अभी जैसा आई पी तो 11 सीजन पे चली गई है हमारा भी जो है फिफ्थ सीजन स्टार्ट हुआ हुआ है इनशाला यहाँ पे बैट्समैन अब बेहतर आ रहे हैं जैसे बाबर आजम देखे हैं नंबर वन पर है इसी तरह बॉलर हमारे पास अभी जो यंगस्टर्स आपने देखे हैं अंडर नाइनटीन से आए हैं तो पीएसएल उस लेवल पर आ जाएगी काफ़ी बेहतर हो जाएगी उससे भी सर डिफरेंट सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है जो पी है वो फुल ऑफ़ एंटरटेनमेंट है जबकि जो आई है वह फुल ऑफ मनी है उसमें लोग आते हैं सिर्फ मनी बनाने के लिए इंटरनेशनल असाइनमेंट छोड़ देते हैं और पी में आते हैं पी एस है वो फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है यहाँ पर प्लेयर्स आते हैं एल का, है, है, है। तो है, है। है का पांचवा सीजन है इसको भी हमें टाइम देना चाहिए टाइम टू टाइम चीजें बेहतर हो जाएंगी देखें आप दस साल तक आई पी एल के जो टीम ऑनर्स थे उनको पैसे नहीं दिए गए इधर भी पी एस एल के में भी यही वो आके शेयर नहीं देते उन्हें टीम्स को अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक हो जाएंगी आप देखें मैचेस आ रहे हैं पाकिस्तान में पहले एक मैच हुआ फिर तीन हुए आठ मैच हुए पूरा पी पाकिस्तान में हो रहा है तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगे आने वाले सीजन में भी पीएसएल पाकिस्तान में होगा इंडिया आईपीएल जो है वो शुरू से इंडिया में हो रहा है बेसिक जो फर्क है वो ये है आई का ज़रा बड़े स्केल भी होती है उसके अंदर ज्यादा माफिया इन्वॉल्व है उसका ज्यादा पैसा इन्वॉल्व डेफिनेटली उसकी बेहतर हैल लेकिन पी एस एल अभी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है इसके बहुत ज्यादा अभी तक से नहीं हुए तो इट विल इनशालाइम देखें पी एस एल अभी ग्रो कर रहा है पी एस एल अभी जिस तरह पाकिस्तान में आई है तो आप देखेंगे कुछ सालों में ये आई पी एल के लेवल पर आ जाएगी लेकिन क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वहाँ पे क्राउड ज्यादा है तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता क्राउड बढ़ रहा है और इसका स्टैंडर्ड जो है वो काफी हो जाएगा इनशाला ऑब्वियसली आई पी एल इस टाइम पे ज्यादा एक अच्छी लीग है काफी ज्यादा है दोनों लीग में क्योंकि वो उसमें बहुत ज्यादा पैसा है आई पी एल ठीक है बहुत अच्छे और बड़े प्लेयर आते हैं उनका क्राउड बहुत आता है हमारे कंट्री में अब सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं है लेकिन अब लोगों की नज़र में तो फिलहाल हैं क्योंकि हाँ जी बिल्कुल इमेज ऐसा ही है हमारा दुनिया में कि यहाँ पर सिक्योरिटी इशूज़ हैं इसी वजह से अच्छे प्लेयर्स नहीं आते अच्छे प्लेयर्स नहीं आएंगे तो रेवन्यू जनरेट नहीं होगा और सारी की सारी ये गेम रेवेन्यू की है जितना पैसा आप ज़्यादा लगाते जाएँगे उतने उतनी ही अच्छी से अच्छी लीग होती जाएगी तो मेरा ख्याल है कि अभी डिफेंस है लेकिन आने वाले चंद सालों में चीज बेहतर हो जाए इस टाइम ऑनस्टली आईपीएल आईपीएल तो बेस्ट है ना ये ये इसमें कोई शक नहीं नो डाउट आईपीएल बेस्ट है लेकिन पीएसएल हमारे अपने मुल्क की एक ब्रांड है इसे हमें करना चाहिए प्रमोट लेकिन बस इनशाला प्लेयर्स आएंगे हमारे मुल्क में पीएसएल एस फ्यूचर में देखेंगे दे बिगेस्ट ब्रांड होगा इंडिया प्रीमियर लीग बेसिकली वो काफी अच्छे से चल रही है तो एज कम्पेयर टू तो पाकिस्तान सुपर लीग के तो पाकिस्तान सुपर लीग भी बेहतर है लेकिन इसे मजीद थोड़ा सा वक्त है इन शो बेहतर होगा इन ठीक है आप चाहती है की जो इंडियन प्लेयर्स है वो पी खेलने के लिए पाकिस्तान आए और पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो आई खेलने के लिए इंडिया जाए आप चाहती है बिल्कुल ऐसा होना कंट्रीज तो एक आपस में जो है वो नफरत नहीं फैलानी चाहिए उनको भी मौका देना चाहिए प्लेयर्स तो हमेशा से खेलना चाहते हैं प्लेयर्स को कभी मेरा ख्याल कोई एतराज नहीं होता क्योंकि उनको गेम से प्यार है तो बस ये हमारे थोड़े से बोर्ड का इशू है और अक्रॉस द कंट्री जो बॉर्डर पे इशू है उस वजह से प्रॉब्लम है वरना प्लेयर्स मेरा नहीं कभी एतराज करेंगे मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों की जो अवाम है वो तो चाहेगी की दोनों मुल्कों के प्लेयर एक दूसरे जगह आगे क्रिकेट खेले क्योंकि क्रिकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता ये स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स तो दोनों मुल्कों में होनी चाहिए ठीक है तो ये सिर्फ जो हमारी सियासी जमातें हैं उन्हीं का मसला है कि उन्होंने बनाया हुआ कि जी हम पीएसएल नहीं खेल सकते वो आईपीएल नहीं खेल सकते तो मेरे ख्याल में आई पी एल हुआ था और नवम्बर में छब्बीस ग्यारह का हमला हुआ था उसके बाद से पाकिस्तानी प्लेयर आई पी एल में बैन है हालांकि एक पाकिस्तानी प्लेयर ने आई पी एल खेला है उसका नाम है अजहर महमूद लेकिन उसके पास था यूके का पासपोर्ट यही कुछ हाल अब मोहम्मद आमिर के साथ भी हो सकता है मोहम्मद आमिर की वाइफ है यू के की और उनके पास भी बहुत जल्द यू के की पासपोर्ट यानी यू के की नागरिकता उसको मिल जाएगी और कुछ साल बाद शायद एक दो साल में वो भी आई पी एल ऑप्शन के लिए अवेलेबल हो सकता है यू के की नागरिकता पर में मतलब आप समझ सकते हो यू के उसके पास पासपोर्ट होगा और पाकिस्तान का ये प्लेयर आईपीएल में अवेलेबल हो सकता है तो आपको क्या लगता है जो पाकिस्तानी मीडिया ने इनकी प्राइस बताई है आईपीएल में वो सही होगी या नहीं आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और पाकिस्तान का कौन सा प्लेयर आईपीएल खेलने के लिए कैपेबल है मतलब अभी करंट की बात कर रहा हूँ मैं हालांकि बाबर आजम टी20 में अभी नंबर वन या टू जब जो मुझे रैंकिंग नहीं पता है किस रैंक शायद थ्री में है नंबर वन देविन मलान टू पे केएल राहुल और थ्री पे बाबर आजम है तो उसकी क्या वीडिंग होगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और पाकिस्तान का कौन सा प्लेयर है जो आईपीएल खेलने के ये कैपेबल है मतलब आईपीएल में बिक सकता है कैपेबल तो सभी रहते हैं लेकिन बिकना आईपीएल में एक अद्भुत मतलब एक अलग सी कहानी हो जाती है तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और क्या आपको लगता है पाकिस्तानी प्लेयर को आईपीएल में खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए आपको भी पता है पाकिस्तानी प्लेयर को लगभग आई खेले हुए बारह तेरह तेरह साल है ये मतलब बैन होते हुए मतलब टू फर्स्ट सीज़न के बाद शायद कोई भी आई, कोई भी पाकिस्तानी मतलब प्लेयर पाकिस्तानी प्लेयर की बात कर रहा हूँ मैं अवेलेबल नहीं था अगर उसके पास पाकिस्तान की नागरिकता है तो वो पाकिस्तान का वो मतलब पाकिस्तान की सिटीजनशिप है तो वो पाकिस्तान की तरफ से भारत में आई में ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हालांकि अभी भी पाकिस्तानी प्लेयर मतलब पाकिस्तानी बॉर्न इमरान ताहिर अभी भी आई के लिए अवेलेबल हैं इकतालीस साल के हैं सी के लिए वो खेल रहे हैं और पाकिस्तान के मतलब उनका उनके पास है पाकिस्तान की सिटीज़नशिप और साउथ अफ्रीका की भी सिटीजनशिप है तो आपको क्या लगता है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कौन सा पाकिस्तानी प्लेयर है जो आई में बिक सकता है हालांकि मेरे हिसाब से तो साहन अफरीदी के अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी प्लेयर पाकिस्तान का आईपीएल में बिकेगा क्योंकि आपको पता है आईपीएल का ऑक्शन कितना डिफरेंट है आज मतलब देखा होगा आपने मैक्सवेल इतना ज़्यादा महंगा बिक गया लेकिन डेविड मलान जो नंबर वन टी ट्वेंटी बेट्समैन है केवल डेढ़ करोड़ अपने बेस प्राइस पर ही बिका तो इससे आप समझ सकते हो आई का ऑप्शन का कितना गेम उल्टा ही रहता है यहाँ पर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्या होगा लेकिन मेरे हिसाब से शायद पाकिस्तान की टीम से एक ही बॉलर है जिसका नाम है साहन अफरीदी वो ही आईपीएल खेल सकता है अगर कोई उसे खरीदता है उसके अलावा शायद शायद हो सकता है कि वो सादाब खान को भी ले लें लेकिन ऐसे स्पिनर भारत में बहुत सारे हैं तो मे भी साहही अफरीदी के अलावा मुझे नहीं लगता कोई प्लेयर खेलेगा बाबर आजम भी अच्छा बैट्समैन है लेकिन उसको भी शायद मौका मिलेगा आई में क्योंकि आपको भी पता है चार प्लेयर ही अवेलेबल हो सकते हैं तो चार में ज़्यादातर ऑप्शन एक्सप्लोसिव बैट्समैन की ओर जाएंगे तो बाबर आजम अभी भी टी में नंबर वन है लेकिन वो वो उनके अंदर वो नहीं है जो आप समझ सकते हो जो टी ट्वेंटी की मतलब आईपीएल जैसे टूर्नामेंट के लिए जरूरी है तो दोस्तों वीडियो होता है दी एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें